गाइज़ कैसे हैं आप लोग तो मेरा नाम है साहिल खान और मेरी ब्लॉक मेरे चैनल की सबसे पहली ब्लॉक है फस, फस फस्ट फर्स्ट ब्लॉक है मेरा तो बताना यार कैसे है क्या बताओ आप लोग को मतलब कि कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ फर्स्ट ब्लॉक है नए नया ब्लॉक है मेरा इस चैनल पर तो भाई कैसे हैं आप लोग अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साहिल जी ब्लॉक को और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा तो गाय अभी आप लोग अभी देख ही सकते हैं तो मैं अभी काम पे हूँ और मेरा हेलमेट भी देखो लगा हुआ है और गाय यार सपोर्ट करो यार अभी नया चैनल है किस तरह बात करें किस तरह वीडियो में वीडियो के सामने कैमरा के सामने आना है कुछ भी नहीं मालूम मुझे बस क्या बताऊँ कुछ बोलने का तो बहुत सोच के रखता हूँ मगर कुछ भी बोल नहीं पाता जब बोलने के बाद याद है कैमरे के सामने तो खुद ब खुद मैं घबरा जाता हूँ कुछ मुँह से मेरा कुछ बात ही नहीं निकलता है मतलब सोचता हूँ मगर बोल नहीं पाता कैमरे के, के सामने तो यार सपोर्ट करो आप लोग यार नया चैनल है तो भाई अभी मेरा बस काम से कुछ ही टाइम पे मेरा बस काम मेरा ख़त्म हो गया है अभी फिलहाल मैं बस रेडी हूँ अभी हम थोड़ी देर में रूम जाने वाले हैं तो अभी चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं रूम का मैं जाऊँगा तो आप लोग को रास्ते का व्यू दिखाऊंगा मैं तो ठीक है तब तक के लिए बने रहे वीडियो में और अभी आप लोग चैनल तो गाय आप लोग देख सकते हैं कि मेरा काम इतना तेज़ी से चल रहा है इतना ज़ोरदार काम है कि मुझे वीडियो भी बनाने का टाइम नहीं मिलता अभी देखो जस्ट मैं अभी पानी पीने आया हूँ तो अभी मैं इधर वीडियो बनाना थोड़ा स्टार्ट किया तो भाई